हेलो गाइस अमन ऑन दिस साइड वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आज के वीडियो का टॉपिक जो आपने देख ही लिया होगा नेल पे कि आज हम हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई वीक पार्ट पे या फिर पे अटैक दे रहा है तो आप उसको कैसे ब्रोक कर सकते हो बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि अटैक कैसे करना है लेकिन डिफेंड करना कोई नहीं बताएगा तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ऐसी सिचुएशन हो कि आपको खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो आप खुद को कैसे डिफेंड करोगे अगर के लिए आपको कि से वीक पार्ट पे हिट करने की कोशिश करता है तो चलो अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ ये स्पेसिफिकली वीडियो लाइक अगर मैं इसे वीक पार्ट पे हिट कर रही हूँ तो ये कैसे डिफेंड करेगा वो आप लोग ध्यान से देंगे सो यहाँ पे हिट एंड डाउन और मेरा टारगेट डायरेक्ट वो है बट इसमें मेन चीज़ है इसका ब्लॉक कितनी स्पीड से हो रहा है वो चीज़ डिपेंड करेगा कि आप कितने इजीली इसको आ, और इसको साइड निकालना आपको लेकर जैसे अटैक करेगा अटैक एंड डाउन और अब उसको उसके पास भी ऑप्शन है वो भी हिट दे सकता है लेकिन अभी हम सब यहाँ पे ब्लॉक करना सिखा रहे सेकेंड so, अटैक जो मैं आपको बताता कि अब नी अटैक करोगे और नी अटैक के लिए सबसे बड़ा रूल है आप इतने से डिस्टेंस में होना चाहिए कि आप टारगेट बहुत क्लोज हो तो मान लो अगर मैं इसको नी अटैक देने की कोशिश करूँ तो इसके पास क्या ऑप्शन रखिए सबसे पहले ये, सब ये साइड में निकलेगा और हिट करेगा बट मेन चीज़ है कि आपको साइड भी होना जैसे अटैक दे रहा आउट ऑफ रेंज मैंने जैसे हमने पंचिंग के टाइम पे बात की थी ब्लॉक की कि जब भी कोई पंच कर रहा है तो आप उसके क्लोज तो उसके ओपन साइड में कभी भी नहीं आते हो आप उसके क्लोज साइड में जाते हो तो सेम चीज़ आप पंच नीचे अटैक नी अटैक के साथ करो जैसे पंच के साथ हमने क्या था कि आउटसाइड जाना है जहाँ पर आपको क्लोज चांस मिल रहा है जाना है और सेम चीज आप इसके साथ भी करोगे जब पूरा टारगेट ले रखा था उसको यूज करने के लिए लेकिन जो सामने वाले की रिफ्लेक्टिव है सामने वाले की एक्टिवनेस है की कि वो कितने डील कर पा रहे हैं अभी आपने देखा की हमने कैसे ब्लॉक्स का यूज करके एक ग्रोइंग अटैक को भी डिपेंड करे की आप कैसे आप ग्रोइंग अटैक को भी यूजलेस बना सकते हो अगर आप थोड़ा सेक्टिवली एक्ट कर सकते हो बट गाइल्स हमेशा वो होती हो बटैक फेंस हमेशा ही सिचुएशन में देखो जब आपको लगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईगो अगर बात ईगो पे नहीं लेनी है बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप शांत होकर सिचुएशन से डील कर सकते हो हर बार एक्ट करना जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर ऐसी सिचुएसन हो जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक्ट करना ही पड़ेगा तो प्लीज़ मिनिमम पावर का यूज़ करो और मैक्सिमम अलर्टनेस का यूज़ हर्ट करना ये कभी भी हमारा टारगेट नहीं होता है कोई इंसान गलत भी हो आप उसको शतक डराते हो कि वो रुक जाए वो और गलत ना करें ना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल लाओ एंड प्रेस बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर वीडियोस एंड अगर आप इस चैनल को पुराने भी हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दिस वीडियो विद अदर्स ये कोविड की सिचुएशन है सो गाइज स्टे सेफ स्टे होम और जितना हो सके मास्क लगाओ डबल मास्किंग करो सैनिटाइजर का यूज़ करो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ डो एक्सरसाइज डो वर्क आउट की हैब जो आपकी हॉबी है वो करने की कोशिश करो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं सो जैस द मैसेज फोमोड वीडियो और फोटोडेज वीडियो चीज़ ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन स्टेफ स्टेट बाई बाय